सारी आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तो आज जो तो मेरा ये प्रथम ब्लॉग है मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रथम जो वीडियो बना रहा हूँ ये टॉपिक जो हमारा होगा वो टॉपिक रहेगा मुसलमान और मुसलमान आज इतनी पिछड़ा हुआ क्यों है या उसके पिछड़ने के वजह क्या है तो मुसलमान यूँ तो कहा जाता है दुनिया के कुल का दूसरा हिस्सा है ईसाइयों के बाद मुसल दुनिया में सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की है लेकिन मुसलमानों को एकजुट क्यों नहीं होने दिया जा रहा है आखिर दुनिया के और कौमों को मुसलमानों से क्या डर है जिसकी वजह से ये कौमें मुसलमानों को हमेशा फिरक वारीत में फंसाए हुए रहते हैं मुसलमानों को हमेशा तोड़ने में लगे रहते हैं तो कुछ तो ज़रूर वजह होगी और इसकी ठोस वजह है और इसका ठोस जो वजह है उसकी कारण ये है कि मुसलमान में एकजुटता और अन्य धर्म अन्य जो धर्म है दुनिया के तमाम धर्मों से ज़्यादा है पाबंदियाँ ज़्यादा हैं और इतने सख्त हैं कि लोग उसकी वजह से एकजुट हो जाते हैं और बड़े ठोस रूप से एकजुट होते हैं और इन्हीं एकरूपता रूपता वजह से इनकी जो यूनिटी की वजह से अन्य कौमें जो इनसे डरती है और इसी डर की वजह से जो अन्य कौमें हैं यान अलग धर्म के जो लोग हैं इसको हमेशा तोड़ने के वजह रहते हैं ताकि मुसलमान इस दुनिया में राज ना कर सके मुसलमान इस इस दुनिया में अपने हुकूमत ना काम कर सके तो हम आज इसका हिस्ट्री इस पे आते हैं कि मुसलमानों में फिर वारियत कैसे शुरू हुई और करने के पीछे क्या कारण रहे तो मुसलमान में सबसे पहला फ़िरका जो बना वो सियाह और खारजी फ़िरका है और सिया और खारजी फिरका जब बना कैसे बना तो सियाह और खारजी फ़िरका बनने की वजह ये थी कि जब मौलाई की जंग हुई तो जंग के बाद ये दोनों फिरके वजूद में आ गए जो दोनों फिरके तैयार हुए पहली सदी में दूसरी सदी में एक और फिर पैदा हुआ जिसको हम मतजला फ़िरका कहते हैं तीसरी तीसरी सदी से लेकर के बारहवीं शताब्दी तक तीसरी सदी से लेकर बारहवीं सदी तक इस्लाम में कोई फ़िरका वारीत वाला काम नहीं हुआ ना ही कोई फ़िरका बना लेकिन जैसे ही तेरहवीं शताब्दी आई या तेरहवीं सदी आई तो तेरहवीं सदी में सऊदी अंदर के अंदर सऊदी अरब के अंदर रियाद में एक ग्रुप के लोगों ने मिलकर ए, एक समूह बनाया दो लोगों दो लोग ग्रुपों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसमें एक का नाम था आले सऊद और दूसरा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल बहाब नजदी इन लोगों ने मिलकर फौज तैयार किया और सऊदी की हुकूमत पर अपने कब्जा कर लिया कब्जा करने के बाद जो जिस इलाके का नाम पहले हजाज गता था जिसको लोग मुल्क से आम कहते थे उसका नाम बदलकर जिसको यमन तक कहा जाता था उस इलाके का नाम बदलकर सऊदी अरेबिया कर दिया गया और जब इन लोगों ने उस इलाके पर कब्जा किया तो जो पहले जमात अलसन्ना या सुनत पहले सुन्नत, सुन्नत वर्ग के जो लोग थे जिन ये भी पहले अल, पहले सुन्नत से ही जुड़े थे लेकिन बाद में इन लोगों ने जब सऊदी की हुकूमत का कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने आप को पहले सुन्नत से अलग कर लिया और एक नया फ़िरका बनाया जिसका नाम बहावी रखा जब इन लोगों ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया तो इसके बाद इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया क्योंकि ये कौम जो बनाइए जो फिर बनाया गया था किसी की भकाम बनाया गया था और जो बकावा देने वाले जो लोग थे जो इनको जिन्होंने इनको हथियार दी थी जिन्होंने इसको पैसे दिए थे वो यहूदी और ईसाई थे और उन्होंने जैसे ही सऊदी के अंदर में अपनी हुकूमत कायम की तो मक्का मक्रमा में बहुत सारी चीज़ों को नस्त नाबुद किया काबा के खिलाफ पर जो या, या मोहम्मद लिखी गई थी उसको तोड़ा केवल अल्लाह रहने दिया या अल्लाह या मोहम्मद या मोहम्मद तो पूरी तरह तोड़ दी गई और अल्लाह के केवल रहने दिया गया मोहम्मद या भी तोड़ दिया गया उसके बाद मक्का मुकरमा में मिलाद मिलाद दरूद ये जो पहले पढ़ा जाता था 150 साल पहले तक उसको बंद करा दिया गया इन भक्त, भक्तों ने जो भी लोग सरकार कि ये जो बदबक़्त थे ये बद, जो बदबक़्त काम निकली मुसलमानों से इन्होंने मुसलमानों को ही टॉर्चर करना शुरू किया मुसलमानों को जेल में डालना शुरू किया जो नबी की शान में नातिया कलाम करते थे नबी के इस, शान में दुर्द शरीफ पढ़ा करते तो उनको पीटा जाता था उनको जेलों में डाला जाता था और उनके साथ हर तरह का जुल्माया जाता यहाँ तक कि इन्होंने कानून तक बना दिया कि जो नातिया खानी करेगा जो नबी किसान में दुर्द पड़ेगा उसको जेलों में डाला जाएगा क्योंकि ये सिर्ख है इस तरह के कानून बनाकर इन्होंने सऊदिया के अंदर बहुत सारी इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं उसको जन्म दिया और जन्म देने के बाद जब इससे इस फिरके में ही फिर तोड़ शुरू होना हो गया और इन इनकी बातों से भी कई इनके जो अनुयाई थे इनके पैरोकार थे मानने वाले लोग थे जो सब जो इनसे सहमत नहीं हुए तो इनके ही ग्रुप में से आ करके भारत में हिंदुस्तान में देवबंदी बने गैर मुखलद बने इसी से बाद में फिर मुक़ा गैर मुकल बना सेल्फ़ी बना अहले हदीस बना इस्लाम जमाती बना ये सारे के सारे फ़िरके बहाबी फिर बहाबियों से टूटकर करके बने और जितने भी फिरके थे उसकी जड़ सुन्नी थी तो सुन्नी कोई फ़िरका नहीं है नबी ने जब इस्लाम को खड़ा किया अपने पाँव पे तो उसके बाद जो अहल सुन, सुन्नत व जमात जिसको माना गया जिसको मुसलमान का सही तौर तरीका माना गया वो सुन्नी जमात को ही माना गया उसके बाद जितने भी कौमें बनी जितने भी फिरते वारीत का काम किए जितने भी फिरके बने सभी में किसी ने नबी को गाली दिया किसी ने नबी को अपने जैसा कहा किसी ने नबी को सुबह सौ इकहत्तर कहा इस तरह करके नबी किसानों में गोस्ताखी करने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो दरअसल मुसलमान नहीं है ये यहूदियों के एजेंट हैं और कहा भी जाता है कि सऊदी और यहूदी दोनों भाई भाई हैं बाहर से कुछ दिखते हैं लेकिन अंदर से इन दोनों के बीच में लिंक है पैसे का लिंक है ताकत का लिंक है और ये लिंक ही इन दोनों को जोड़ के रखता है आज सऊदी के अंदर में नमाज हम नमाज के बाद दरुद नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन नाच गाना यासी का काम हो सकता है शराब पिया जा सकता है ताश खेले जा सकते हैं जीए के अड्डे चलाए जा सकते हैं लेकिन जो अहल सुनत व जमात के जो तौर तरीके हैं उसको अगर मानिएगा तो आपको उसके मानने पर आपको जेलें हो जाएगी तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यहूदियों ने मुसलमानों के अंदर पैट कैसे बने तो यहूदियों में एक फ़िरका है जिसको हम कहते हैं दाउ फिरका और दो फिरका जो होता है बिल्कुल ऊपर से आप देखोगे तो मुसलमानों के जैसे दाढ़ी रखेंगे मुसलमानों के जैसे कपड़ा कपड़े पहनेंगे टोपी रखेंगे चेहरे पर दाढ़ियाँ रखेंगे नमाज़ पढ़ेंगे सारे चीज़ें मुसलमानों के जैसा ही करेंगे लेकिन उनके जो काम होंगे उनके जो अमाल हैं सारे के सारे मुसलमानों के मुसलमानों की एकजुटता को तोड़ने के लिए किए जाते हैं और इसी का इस्तेमाल कर सबसे पहले यहूदियों ने इन दो यहूदियों का घुसपैठ मुसलमानों में कराया इनको आलिम बनाया आलिम बनाकर के मुसलमानों की कमजोरियों को पता लगाया उसके बाद कमज़ोरियों को पता लगाकर उसको हवा दी उसको बढ़ावा दिया और अंत में मुसलमानों को फिरके में तोड़ दिया आज इसी की वजह से मुसलमान फिरके में टूटा हुआ है और मुसलमान को दुनिया में जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है इस्लोमों इस्लामों दुनिया में जो बढ़ाया जा रहा है चाहे वो हिंदू कौम हो यहूदी हो क्रिश्चियन हो या अन्य कौमे हों ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो गए हैं इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है मुस्लिम देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है और इसके पीछे कारण ता, ताकत का है इसके पीछे कारण पैसे का है बिना पैसे और बिना ताकत के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है आज हम जो जानते हैं कि दुनिया में जो दहशतगर्द संगठन हैं जिसको आईएसआईएस कहा जाता है अलकायदा कहा जाता है क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि आईएसआईएस और अलकायदा क्या वास्तविक में या वास्तव में मुसलमानों के संगठन हैं क्या वे सुनियों के संगठन हैं यदि वे बहावियों के संगठन है तो वे बहावी के मत मानिए बहावी भी इसको कहिए ही नहीं ये बहावी नहीं ये समझ लीजिए कि यहूदियों और ईसाइयों के संगठन हैं और दो ईसाइयों के संगठन हैं नाम तो वो मुसलमानों के रखते हैं और काम सारे के सारे मुसलमानों से हट के करते हैं अगर और ये संगठन केवल वहीं इसलिए हैं जहां पर तेल के भंडार हैं सोने के भंडार हैं गैस के भंडार हैं या अन्य जो सोने चांदी के जखीरे हैं हीरे के जखीरे हैं अगर दुनिया में मुसलमान के मुसलमान होना और आतंकवाद होना दोनों बराबर था तो पूरी दुनिया में मुसलमान है हर देश में मुसलमान तो हर देश में आतंकवादी संगठन आतंकवाद होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश इंडोनेशिया है वहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन नहीं है तो इस बै इस बात पर हम तर्क नहीं दे सकते हैं कि मुसलमान और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मुसलमान और आतंकवाद से जोड़ने का जो काम किया गया है वो काम यहूदियों ने और ईसाइयों ने किया है ताकि मुसलमानों जितने भी मुस्लिम देश हैं जिन जिन जिन जगहों पर मुस्लिम देश बसे हुए हैं उसकी ज़मीन के नीचे अकूत जखीरे हैं वहाँ पर इतने बड़े तेल के भंडार हैं गैस के भंडार हैं सोने चांदी के भंडार हैं कि उन भंडारों पर ही उनकी आंखें आंखें जाती है इसी जखीरे को लेकर के लड़ाई चल रही है दरअसल और इसी जखीरे को पाने के लिए जंगे हो रही है और दुनिया में नाम किया जा रहा है आतंकवाद का और उसके पीछे जो खेल चल रहा है हम उसको नहीं समझ पाते हैं कहावत तो भी है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हमने पहले सिक्के हमने पहला पहलू को देखा लेकिन दूसरे पहलू को समझने ना ही समझने की कोशिश किया ना ही उसको जानने की कोशिश किया जब तक हम इसको दूसरे पहलू को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके जो प्रपगेंडा है उनके एजेंडा है उनको नहीं समझ पाएंगे और जब हम इनके एजेंडा को नहीं समझेंगे तब तक हम यही मानते रहेंगे कि मुसलमान इस देश में या इस दुनिया में आतंकवाद की जड़ है तो मुसलमान इस दुनिया में आतंकवाद या जो विघटनकारी शक्तियाँ उसका विचड़ नहीं है उसकी जड़ों में ईसाई और यहूदी यहूदियत है कि उनका मूल एजेंडा हथियार बेचना और दुनिया के लोगों को लड़ाना है और दुनिया की जो संपदा है दुनिया की जो खजाने हैं उस पर कब्जा करना है धन्यवाद जय हिंद